हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त अनिल के कुमार आज आपके साथ जुड़ा हूं एक नए टॉपिक के साथ में एक नया टॉपिक मेंटल इश्यू यानी मानसिक चुनौती को लेकर के जिसकी वजह से लोग अपनी सेहत को अपने बिजनेस को अपने रिश्तों को और अपने सेल्फ इमेज को खराब कर लेते हैं जी हाँ आज हम डिस्कस करेंगे ओ सी डी डिसऑर्डर क्या है ऑब्सेसिव कंपलसन डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति अपने बिहेवियर का गुलाम हो जाता है वो अपना कॉन्शियस कंट्रोल खो देता है वहां पर आपने भी देखा होगा बहुत से लोगों को जो एक बार हाथ धोने लग जाए तो हाथ ही धोते रह जाते हैं जो नहाने ओ सी है वो नहाता ही रह जाता है और बहुत से लोगों को आम भी देखा होगा आपने जो लोग बंद करने के बाद में उसको पकड़ करके दोबारा कन्फर्म करते हैं वहीं कुछ लोग गाड़ी लॉक लो करने के बाद में आवाज आने के बाद में खिड़की को पकड़ के फिर चेक करते हैं यह बंद हुआ या नहीं हुआ उनके अंदर एक परफेक्शन का पैटर्न क्रिएट हो जाता है उनके अंदर एक ऐसा एडिक्शन क्रिएट हो जाता है जो उनके कंट्रोल में नहीं होता तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरह से ये पैटर्न बनते हैं और किस तरह इन पैटर्न को तोड़ा जा सकता है किस तरह ऑबसेसिव कंपल डिसऑर्डर से बाहर निकला जाए और यदि आप भी ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह ऑब्सेसिव कंपल्स डिसऑर्डर से बाहर निकला जाए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले लेते हैं कि इस ओसीडी के लक्षण क्या है जिसकी वजह से आपकी सेहत आपके रिश्ते आपका बिजनेस और आपकी सेल्फ इमेज खराब होती है काफी लोगों को डर होता है कई बार लोग डर की वजह से ऐसा करते हैं वो किसी जगह से डरते हैं बाकी लोगों से डरते हैं गेस्ट से डरते हैं वो बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने से डरते हैं वो अपने आप को एक जाल में फंसा हुआ फील करते हैं ट्रैप फील करते हैं फिर एक साइकिल क्रिएट होता है वो उसकी सेल्फ इमेज को खराब करता है और सेल्फ इमेज उसके अंदर एक एंगजाइटी क्रिएट करती है और वो एंग्जाइटी फिर उस डर पर लेके आती है उसको कई बार लोग इनसे बचने के लिए दवाइयाँ खाने लगते हैं केमिकल खाने लगते हैं कई बार लोग इनसे बचने के लिए दूसरी एडिक्शंस के दूसरी ओसीडीज़ के शिकार हो जाते हैं जैसे आपने देखा होगा स्मोकिंग का ड्रिंकिंग का और कुछ फूड एडिक्शंस भी काफी लोगों में देखा गया है सिचुएशन में देखा गया है लोग अपने आप को फाइट एंड फ्लाइट मोड में रखते हैं जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां उसको घेर लेती है।, को का है बहुत बड़ी एंगजाइटी मतलब बहुत बड़ी एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजरा है।, है पैसे का फेलियर्स का ब्रेकअप का या किसी और चीज का और उस सिचुएशन से निकलने का आपके माइंड ने एक पैटर्न ढूंढ लिया एक तरीका ढूंढ लिया जिससे उसे रिलीफ मिलता है और वो एक ट्रिगर बन गया है अनबियरेबल थॉट्स का एंजाइटी का विजुअल्स का और साउंड का अब सवाल बनता है इस एंजाइटी से पीछा कैसे छुटाया जाए इसके लिए मैं आपके साथ तीन टेक्निक शेयर करता हूं सबसे पहले कि आप अपने आप को पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करें उसके लिए आपको करना होगा एक्सरसाइज कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आप स्टार्ट करें जिससे कि आपकी बॉडी में एक चेंज आएगा जो एक इन्वायरमेंट उसमें उसके अंदर बना हुआ है उस इन्वायरमेंट में चेंज आएगा फिजिकल चेंज आएगा उससे आप एंग्जाइटी में रिलीफ मिलेगी सेकंड है अपने थॉट साइकिल को ब्रेक करें जी हाँ दोस्तों जब आप देखते हैं कि रेगुलरली आपके पास एक के बाद एक थॉट आता चला जाता है तो आप एक साइकिल ऑफ थॉट्स में फंसे रह जाते हैं तो आपको जरूरत है उस साइकिल को तोड़ने की और जैसे आप साइकिल को तोड़ोगे आपके पास नए आइडियाज आएंगे नई क्रिएटिविटी आएगी अब इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा आप मेडिटेशन करें अपनी सांसों पर ध्यान दें अपनी बॉडी की सेंसेज पर ध्यान दें किस तरह की सेंसिटिविटी हो रही है किस तरह का सेंसेशन हो रहा है पूरी बॉडी में उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें आप अपने थॉट पैटर्न को ब्रेक दे पाएंगे और अपने आप को क्रिएटिव कामों में इन्वॉल्व करें जितना आप अपने आप को क्रिएटिव में रखोगे जैसे पोएट्री करना है जैसे आपके लिए पेंटिंग करना है या कोई भी चीज़ जहाँ पर आप बना सको कुछ कुछ भी नया बना सकते हैं या अपने आप को किताब पढ़ने में बुक रीडिंग में एंगेज करें क्योंकि जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो आप ऑथर के थॉट के साथ एसोसिएट हो रहे होंगे आपकी सोच ऑथर की सोच के साथ मिल रही होगी या कोई नई स्किल सीखने पे अपने आप को एंगेज करें कि मैं कुछ नया क्या सीखूं कहां से सीखूं और जब आप उस नई स्किल सीखने पे एंगेज रखोगे तो आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा तीसरा है कि आप अपना गोल बनाइए क्या है आपका गोल एक प्यारा सा सुंदर सा गोल बनाइए कि आप एक हफ्ते में अभी क्या करने वाले हैं क्या सीखने वाले हैं क्या क्रिएटिविटी करने वाले हैं उस गोल को विजुलाइज कीजिए और उस गोल को स्पेसिफिक बनाइए अपनी हेल्थ से रिलेटेड क्या गोल आपकी हेल्थ से रिलेटेड होगा क्या गोल आपका फाइनेंस से रिलेटेड होगा क्या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होगा किस तरह से आप सोसाइटी और अपनी मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस से रिलेटेड गोल बनाएंगे वो गोल बनाइए आपके एक महीने के आपके एक साल के पांच साल के और दस साल के बाद में भी देखिए उनको कि किस तरह के गोल हैं और कैसे कैसे आप अचीव करोगे इस तरह से जब आप ये एक्टिविटी करते हो तो आप अपनी एंग्जाइटी से बाहर आ पाओगे अब इश्यू आता है सेल्फ इमेज का कि सेल्फ इमेज को कैसे ग्रो करें उसके लिए सबसे पहला है कि आप अपने लिए अफर्मेशन लेना शुरू करें अफर्मेशन किस तरह से आपको एसोशिएट करेंगे जब आप अपने लिए बात करेंगे लोग तो आपको तब मानेंगे जब आप खुद को मानने लग जाएं आप अपने आप कहिए कि आई लव माई सेल्फ आई एम प्राउड ऑन मी आई एम बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर टॉपिक और इस तरह अपने आप को अपर्मेशन दीजिए दोस्तों ये अफॉर्मेशन आपकी सेल्फ इमेज को ग्रो करेंगे यदि आपको ये लगता है कि आप सेल्फ अफॉर्मेशन आप नहीं बना पा रहे हो तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेल्फ एफॉर्मेशन का पुराना वीडियो होगा आप उसको 21 दिन सुबह शाम सुनकर के अपनी सेल्फ इमेज को ग्रो कर सकते हैं सेल्फ इमेज ग्रो करने का दूसरा तरीका है कि अपने आप को सिग्निफिशियंट बॉक्स में बिजी कीजिए जब आप अपने आप को सिग्निफिशियंट वर्क में बिजी करेंगे अंगेज करेंगे तो आपका माइंड आपको एक वैल्यू देने लगेगा आपकी सेल्फ़ इमेज को ग्रो करने लगेगा क्या होते हैं सिग्निफिशियंट वर्क कहाँ बिजी कर सकते हो आप अपने आप को आप किसी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हेल्प कर सकते हो आप किसी बच्चे के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो आप किसी गरीब के लिए कुछ बेहतर कर सकते हो आप ओल्ड एज होम में जा करके लोगों की सहायता कर सकते हो अब पशु पक्षियों के लिए भी कुछ कर सकते हो पक्षियों के लिए पानी रख सकते हो पक्षियों के लिए उन दाना रख सकते हो कुछ भी करें मगर अपने आप को अंगेज करें उससे आपकी सेल्फ इमेज डेफिनेटली ग्रो होगी क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग आएगी कि यस आई डिड समथिंग बेटर फॉर द अदर्स और मैं किसी के काम आ रहा हूं और ये जो फीलिंग होती है यही सेल्फ इमेज को ग्रो करती है इसी में आप अपने आप को वर्थवाइल समझने लगते हो आप अपने आप को इंपोर्टेंट समझने लगते हो और जब ये फीलिंग ऑफ इंपोर्टेंस आती है तभी सेल्फ इमेज ग्रो होती है दोस्तों जो ये ओसीडी है जो भी आदत आपको पड़ी हुई है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है मैं बात करता हूं एक स्मोकिंग की किसी भी व्यक्ति को यह पसंद नहीं कि वो अपने लंग्स में इतनी सारी धुआं भरे और फिर बाहर निकाले जबकि उसको पता है कि यह खतरनाक है पर फिर भी वो पीता है कहीं ना कहीं उसको उससे रिलीफ मिलती है तभी वो पी रहा है इसी तरह अगर लगातार हाथ धोते रहने वाले व्यक्ति अगर ध्यान देंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को हाइजेनिक रखना चाह रहा है इसलिए वो कर रहा है इस तरह हैं, आप किसी भी ओब्सिव कंपल्सन डिसऑर्डर को आप पहचान लें कि उसकी पॉजिटिव इंटेंशन क्या है और यदि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उस इंटेंशन को आप कहीं और से पूरा कर देते हैं तो आप इस कंपलसन डिसऑर्डर से छुटकारा पाएंगे यदि आप अपने अंदर पड़े हुए उस वैल्यू को पहचान पाते हैं कि ये ऑब्सैसिव डिसऑर्डर हमें क्या वैल्यू देना चाह रहा है किस तरह हमें हेल्प कर रहा है यदि उस वैल्यू को आप पहचान लेते हैं और उस वैल्यू को कहीं और से दूसरी जगह से अगर उसको पूरा कर देते हैं तो यह ऑब्सैसिव डिसऑर्डर आपका खत्म हो जाएगा दोस्त आपके अंदर जो भी ओब्सिव डिसऑर्डर पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज दे रहा है कि आपके अंदर कोई वैल्यू है जिसको वो उस ओसीडी से प्राप्त कर रहा है बात यह है कि अब उसने गलत रूट ले लिया उस चीज को पूरा करने का एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज करो आपको डेहली से गुवाहाटी जाना था और डेहली से गुवाहाटी जाना था कानपुर लखनऊ होते हुए लेकिन अगर आप दिल्ली से हैदराबाद होते हुए गुवाहाटी जाते हो तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी आपको अनकंफर्ट भी होगा और आपको गिल्ट भी होगा क्यों आपने इतना समय उस पर लगा दिया और यदि आपने उस वैल्यू को पहचान लिया और उस वैल्यू की भरपाई आप कहीं और से कर देते हैं तो आपकी जो ये ओ है ये अपने आप हाँ खत्म हो जाएगी क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को चाहिए कि आपके पास वो वैल्यू मिलनी चाहिए आपके शरीर को आपके माइंड को वो वैल्यू मिलनी चाहिए और जब वो वैल्यू उसको मिल जाएगी तो ओसीडी से आप छुटवा पाएंगे दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं अगले वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं ताकि फोर्थ कमिंग वीडियोज में मैं उस टॉपिक पर आपके साथ बात कर पाऊं और यदि आपको यह लगता है कि ये वीडियो किसी की सहायता कर सकती है तो उसको शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों जाने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में नई एनर्जी के साथ में और नए उत्साह के साथ में जय हिंद जय भारत